नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल M2 Knowledge में तो दोस्तों आ चुके हैं हम राजस्थान जीके के एक नए टॉपिक के साथ तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित दोस्तों हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तो दोस्तों आपको उनका सही उत्तर देना होगा चलिए दोस्तों शुरू कर दोस्तों आपका पहला प्रश्न है खिलाड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों जो खिराड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में प्रचलित है बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसका सही आपको ऑप्शन ए भीलवाड़ा। ऑप्शन ए दोस्तों लॉक कर आपका दूसरा प्रश्न है तोरावाटी किस भाषा की उपबोली है तोरावाटी दोस्तों किस भाषा की उपबोली है जल्दी उत्तर दीजिए दोस्तों दोस्तों सही त्र ऑप्शन डी ढूढ़ाडी की उपबोली है ऑप्शन बी दोस्तों लिया जाए आपका तीसरा प्रश्न है बीर विनोद पुस्तक के रचयता कौन थे जो दोस्तों वीर विनोद पुस्तक थी उसके रचेता कौन थे याद रखना दोस्तों इसको परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है तो दोस्तों इसका सही त जाएगा ऑप्शन बी श्यामल दास जी जो कि वीर विनोद पुस्तक के रचे ऑप्शन बी दोस्तों लॉक कर लिया जाए तो साथियों आपका चौथा प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो रचना है दोस्तों जो पगफ फेरो रचना है वो किसकी है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मनीम धूकर जो पगफेरो रचना है दोस्तों मनीम धूकर की रचना है तो दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लिया जाए पाँचवा प्रश्न है खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की तो दोस्तों खुमान रासो नामक ग्रंथ था उसकी रचना किसने की तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दलपत विजय जो दोस्तों दलपत विजय थे उन्होंने खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी याद रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन ए दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका छठवा प्रश्न है बेली कृष्ण रुक्मणी बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है बेली कृष्ण रुक्मणी दोस्तों किस भाषा का ग्रंथ है बताना है दोस्तों आपको तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी तो दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मनी भाषा है जो दोस्तों उत्तरी मारवाड़ा मारवाड़ी की है याद रखना दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों लिया जाए आपका सातवां प्रश्न है ललित विग्रहराज का लेखक कौन था ललित विग्रहराज का लेखक कौन था दोस्तों ललित विग्रहराज दो, दोस्तों एक ग्रंथ था जिसकी रचना दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों सोमदेव जी ने की थी याद रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन डी दोस्तों लॉक कर लिए जाए आठवां प्रश्न है निमाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है जो दोस्तों निवाड़ी भाषा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों आपको ये बताना है दोस्तों तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी जो दोस्तों निवाड़ी भाषा है वो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है ऑप्शन डी दोस्तों लॉक कर लिया जाए तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी राजस्थान जो दोस्तों हम आपको पहले बता चुके हैं चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नवे सवाल की ओर दोस्तों आपका नवा सवाल है घोड़वाड़ी किस बोली है जो दोस्तों घोड़वाड़ी भाषा है वो किसकी बोली है अच्छा दोस्तों इसका सही तो जाएगा ऑप्शन बी मारवाड़ी की बोली है ऑप्शन बी दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका दसवा प्रश्न है राजस्थान की कौन सी श्रेणी कहानियाँ तथा विधा से संबंधित है राजस्थान की कौन सी श्रेणी कहानियाँ तथा विधा से संबंधित है दोस्तों इसका सही उत्तरा जाएगा ऑप्शन ए बात ऑप्शन ए दोस्तों लॉक का लिया जाए साथियों आपका ग्यारह प्रश्न है निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उप बोली नहीं है दोस्तों है नहीं, नहीं है। तो दोस्तो दोस्तों का जाएगा, नागर, नगर चोल, तो दोस्तों चौल है वो मारवाड़ी की उप बोली नहीं है ऑप्शन बी दोस्तों जाए दोस्तों आपका बारह प्रश्न है राजस्थानी काव्य का गद्य व पद्य मिश्रित भाग कहलाता है दोस्तों राजस्थानी काव्य का गद्य पद भाग वो दोस्तों क्या कहलाता तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बचनी का राजस्थान काव्य का गद्य पद मिश्रित भाग दोस्तों बचनी का कहलाता है याद रखना दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों लॉक कर लिए जाए साथियों आपका तेरवा प्रश्न है बातारी फुलवारी ग्रंथ के रचेता कौन थे दोस्तों बातारी फुलवारी ग्रंथ के रचयता कौन थे जल्दी बताइए दोस्तों दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विजयदान दान देता दोस्तों विजयदान दान देथा बातारी फुलवारी ग्रंथ के रचयता थे याद रखना दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लिया जाए तो आपका चौदवा प्रश्न है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए रीमा ऊजा दोस्तों रीमा ऊजा थी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की लेखक थी। याद रखना दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों लॉक कर लिया जाए पंद्रह प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण किस किस ग्रंथ ग्रंथ में में मिलता मिलता है? है? अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण दोस्तों किसान इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी कान दे प्रबंध जो दोस्तों इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है ऑप्शन डी दोस्तों लॉक कर लिया जाए प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था दोस्तों जो चिंतामणि उसका लेखा कौन था बताना है दोस्तों लॉक कर लीजा तो दोस्तों आज का बस यही तक दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों राजस्थान जीके के ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों